So we are starting okay. our challenge with Reet and Naisha Chalo first question Who gets up late in the morning Subah late kaun uthta hai Re <laughs> Oh oh <laughs> एक दो बजे दोपहर में ओह माय गॉड नहीं वो पूरा उसमें होता है गेट टू ब्रश ब्रश करना कौन भूल जाता है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 सबसे ज्यादा मोबाइल कौन देख दो चलो खराब हो गई नाखून नाखून कौन खाता है दोनों रीत रीत री तो भी तो मम्मा का चार। चारा सबसे ज्यादा कौन रोता है नाइशा ना। रोता है दो दो। Next question. सबसे ज्यादा टीवी कौन देखता है दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे ज्यादा लड़ाकू कौन है दोनों दोनों दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर्स सबसे ज्यादा कौन बनाता है शीशे के आगे बार बार रीत नहीं बनाती नहीं बनाती नायशा बार बार कर कैसी गलती चलो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तो, जल्दी जल्दी चॉकलेट कौन खाता है दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन भूत से कौन डरता है भूत से कोई भी नहीं डरता है ये तो दो दोनों डरते हैं दोनों डरते चलो दो क्वेश्चन चेंज कर देते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी तो से कौन भागता है हा? पढ़ाई किसको नहीं पसंद अच्छा ऑनलाइन क्लास करते टाइम कैमरा कौन बंद करता है रीत भी रीत भी खाती है रीत पोहा खाती है कैमरा बंद करके वो पापा पापा मम्मी मम्मी करती करती है है क्लास में कौन उपास मारता है नायजा उपासिया ही मारती रहती है अब लास्ट अगर दोनों सिस्टर्स एक दूसरे से प्यार करती हैं तो दोनों पाउडर में मुंह डाल दूंगी एक दूसरे से प्यार करती हैं तो।, तो तो प्यार तो, तो, तो प्यार दो दो करती है हाँ